जाके पर लोगों ते दिल साथी देवी मेरा तू जे ना भी है ते फेरे तरह ऐसी जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए उम्मीद जावे ना तू आखरी उम्मीद मेरी टूट कत जमीना लुटी हो जा लुट जावे ना मैं झूठ बदलदा वेख मैं सच बदलदा वेख मैं पदल पत्थर वेखने मैं सच बतलद सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल जर ही जावा हुन तू भी पतल गया मैं ते मर ही जावगी वेचे हुन तू भी पतल गया मैं ते मरी जावा किस्मत पदल देखी मैं पदलद वेखिया मैं पदल दे रेखे अपने मैं रब पदलद वेख्या जोड़ नहीं हो ते मेरे बोलवे में मंगना सलाह हाँ जाके परलों का जे पर ते दिल साथी देवी मेरा तू जे ज रोलना भी है ते फिर फेरे तर रोल सन बदल आता है बदल दे देख देखो दुनिया चे सारे बदल दे वे के मैं सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल चल ही जावा আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনারা কেমন আছেন আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমাদের এই চ্যানেলটা নতুন আর কার ডান্স ভিডিও প্লিজ এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন লাইক করেন শেয়ার করেন আমরা আরো নতুন নতুন ভিডিও বানাবো আপনাদের হাসানোর জন্য আশা করি ভিডিওটা ভালো হয়েছে আপনারা সবাই লাইক করেন শেয়ার করেন ধন্যবাদ টাটা বাই বাই এই যে এই যে এটা আমাদের ক্যামেরাম্যান এই যে দেখো শরম পাচ্ছে এটা আমাদের ক্যামেরাম্যান এই মুখটা দেখাও এই যে ক্যামেরাম্যান দেখছেন না